लेके मैं आई हूं क्योंकि जो मैंने जो जो कहा था वो सब कुछ हो रहा है और आप लोग विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूं सारी बातें जो मैं बता रही हूं देखो इतनी हड़बड़ी में मैं घर वापस आई हूं दौड़ के स्टूडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बताई क्यों बहुत बड़ी खुशखबरी और वो खुशखबरी जो मैंने आज से तीन महीने पहले बता दी थी है ना मुझे लगता है मैंने आपको बहुत पहले सबसे पहले मैंने बताया था वेटी थाउजेंड प्लस होने जा रही है कहा भी था मैडम कहां से मिला आपको कहां से पता चला अभी तो सिर्फ बीस हजार लगभग है मैंने उसी समय कह दिया था और देखो इतने दिनों के इंतजार के बाद करीबन तीन महीने के इंतजार के बाद ये वेकेंसी बिल्कुल अनाउंस हो चुका है थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन वेकेंसी आ रही है देखिए मैं आपको लाइव दिख रही हूं ठीक से क्योंकि बेटा मैं बहुत हड़बड़ी में आई हूं और मुझे तो खुद डाउट हो रहा था कि पता नहीं मैं पहली बार खुद अपने आप को घर से लाइव करने की कोशिश कर रही थी बेटा देखो ध्यान से सबसे पहले जो टेंटेटिव वेकेंसी एस ने डाली है बेटा आप देख लो खुद ए एस्ट के, के लिए बारह सो है ठीक है उसके बाद और भी है वैकेंसीज़ लेकिन बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको दिख रहा है तो एक एसओ में दिख रहा है 270 आपके एएओ में दिख रहा है 300 सॉरी 1260 एएओ में दिख रहा है 202 है ना अब देखिए बेटा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपको जो वैकेंसी दिख रही है टोटल वो है नाइन अगर आप छोटे मोटे जो पोस्ट उनको मतलब छोटे-मोटे पोस्टी छोड़ के बड़े बड़े में चलिए तो बेटा इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में आप देख लीजिए साढ़े चार सौ है उसके बाद आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में ग्यारह सो तेरह वेकेंसी है अगर आप एग्जामिनर का पोस्ट देखिए छह सौ चौदह वैकेंसी है और अगर प्रिवेंटिव का देखिए तो दो सौ बीस वेकेंसी है आप ये सारे वैकेंसीज़ जब देखोगे बेटा आप खुशी से एकदम झूम जाओगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का दो सौ बाईस डिविजनल अकाउंटेंट का सात सौ पैंसठ और उसके बाद ऑडिटर की वैकेंसी बाईसो पंचानवे है और इधर देखिए अकाउंटेंट जो है जूनियर अकाउंटेंट ये आपको वैकेंसी है 1470 और पूरा टोटल वैकेंसीज जब आप कंप्लीट कैलकुलेट करोगे देखो यूडीसी का वैकेंसी आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का वैकेंसी सत्ताईस है और ये जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपको एक चीज देख के बड़ी खुशी महसूस होगी जो मुझे देख के मैं तो खुश हो गई बहुत बुरी तरह से वो है 37,409 देखो और बताओ क्या चाहिए आपको मुझसे अब हा खुशी महसूस हो रही है ना मैं इसको देख के बहुत भयंकर खुश हो गई क्योंकि मैंने देखा यार इतनी वेकेंसी जो मैंने कहा था और मैं बहुत पहले से जान रही थी देखो टैक्स असिस्टेंट बेटा टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज थ्री वन फोर जीरो मैं कह सकती हूं कि जो क्रीम पोस्ट होते हैं जो मजेदार पोस्ट होते हैं उसकी वैकेंसीज़ बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मेरा सरकारी नौकरी आपके हाथ बेटा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली अब ये ध्यान रखना इसीलिए इस बार सीजियल पार मैं रोज रात को दस बजे आऊंगी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी इसी चैनल पर और कुछ कुछ पूछना है तो मैं नहीं हो पा रहा छोटे परेशान हा? होगा सब कुछ होगा मैं आपका मैसेज देख पा रही क्योंकि मेरा भी कुछ भी जानते टीवी वगैरह में कुछ भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है बोलिए बेटा प्री का रिजल्ट कब आएगा मुझे बता देती हूँ मैं आपको बेटा विद इन अ वीक या दस दिन के अंदर आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा राइट मैंने कहा था आपको मार्च में आपका मेंस होगा नहीं मान रहे थे हो रहा है ना मैंने कहा था सैतीस वैकेंसी है उसके बाद सब लोगों ने कहा किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी मैंने कहा सब लोग आगे कह दिए लेकिन मैंने कहा था होगा बहुत सारे लोग डाउट भी कर रहे थे बेटा आपके क्वेश्चंस क्या क्या है भेजते जाइए तो चलिए ये थर्टी सेवन में आप देखोगे कुछ जो आ, जैसे यूडीसी का पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट का है इसके भी वे अच्छे खासे। और ये पूरा कंप्लीट मैंने अभी तुरंत तुरंत अपने केरी लाइव टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया क्योंकि ये बेटा यूट्यूब, यूट्यूब में डल नहीं सकता पीडीएफ है आपके अम्म यूट्यूब में भी नहीं डल सकता फेसबुक पे नहीं डल सकता ना पूरा पी तो बेटा मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लिया है केव टेलीग्राम चैनल पर Spoken English by नीतू Singh पे भी डाल दिया है नीतू Singh vocab कैप पर भी डाल दिया है ठीक है तो आप देख लो और हमने जो भी मेरा पटना जयपुर के बच्चे हैं बेटा आपका जो टाइम टेबल जिस चैनल में आता है उस चैनल पर मैंने डाल दिया है तो मेरे सारे स्टूडेंट्स प्लस जितने भी बच्चे हैं आप जल्दी से फटाफट इस पीडीएफ को निकालिए और देख के खुश हो जाइए क्योंकि आपको सबका एज पूरा कंप्लीट कितने वैकेंसी आप जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है बेटा वो भी पूरा बता दिया गया है ठीक है आपको एज लिमिट सीपीटी है कि नहीं है पोस्ट सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पर्सन है कि नहीं? बेटा कलर ब्लाइंडनेस का थोड़ा एक बार चेक करा लेना आप लोग उसका रीजन मैं बताती हूं क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कलर ब्लाइंड हो और जिंदगी भर कलर ब्लाइंड रहते हो ठीक है उसमें बहुत बारीक डिफरेंस देखते हैं बेटा कलर ब्लाइंड का ऐसा मतलब नहीं होता कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा ठीक है हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलर ब्लाइंड है हमें पता ही नहीं कि हम कलर ब्लाइंड है इसीलिए आप कलर ब्लाइंडनेस का चेक किसी भी अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाके जो आ, आई सर्जन वगैरह हो या मतलब आई हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके करा लेना चेक करा लेना क्योंकि इसमें आप कलर ब्लाइंड हो और उसके लिए एलिजिबल हो के नहीं देखना आप देखो कुछ कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो ठीक है जैसे कि साफ साफ दिख रहा है यूडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है ठीक है उसके बाद साफ साफ दिख रहा है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल यहां पे नहीं है, फाँग? तो बहुत सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते होगा कलर ब्लाइंड होते हो तो एनीवे anyway, वे पहले तो आप ये वैकेंसी देखिए एकदम खुश हो जाइए और पढ़ाई शुरू करिए कुछ क्वेश्चन पूछन पूछने आप तो पूछिए जल्दी फटाफट मैंने कहा था और बेटा वो री की बुक यहां से डिस्पैच हो चुकी है दूर दराज के क्षेत्रों में चार से पांच दिन में पहुंच जाएगी मैंने सैटरडे तक सारे बुक्स यहां से डिस्पैच कर चुके हैं हम बेटा अभी तक ट्रैकिंग आईडी करीबन दो सौ बच्चों की ट्रैकिंग आईडी अभी तक लोड नहीं हुई है लेकिन विश्वास रखो चार से पांच दिन में आपका सबका वो कैब का बुक मिल जाएगा दूसरी बात है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहां बने रहो आज रात को मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेके आने वाली हूं बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड डिटेक्टिंग एर सब कुछ मैं यहां कंप्लीट करा दूंगी आपको आप बस बने रहो इस चैनल पे, रोज रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी और बस जो कहा था बेटा विश्वास किया करो नीतू सेंग जब बताती है तो ऑथेंटिक सोर्स के साथ बताती ठीक है।, है ऐसे आके हम हल्ला नहीं मचाते आई एम नॉट यू कैन से आई एम ए टीचर यूट्यूबर नहीं इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ किसी के बारे में नहीं बोलना चाहती है। बस इतना जरूर विश्वास बहुत अधिक है और इस बार सीजीएल तो ऐसे ही पार होगा है ना सीएचएसल एमटीएस तो ऐसे ही पार हो जाएगा मैं कह रही हूं अगर ग्रेजुएट हो तो इस साल सीजीएल पार होगा चलो गॉड ब्लेस यू रात को 10 बजे मिलते हैं ठीक है